साथियों नमस्कार दिनांक 10 जून 2019 का दैनिक राशिफल कैसा रहेगा राशि भविष्य क्या कहती हैं इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे साथ ही दर्शकों को बताना चाहेंगे कि 15, 16 और 17 तारीख को वाराणसी में आ रहे हैं और इसके बाद हमारा जो है देहरादून का आगमन है इसी माह में और उसके बाद 25 से 30 तारीख तक की अमृतसर में आ रहे हैं तो इच्छुक दर्शक जो कोई भी यहाँ से हैं आप लोग मिल सकते हैं और आज के पंचांग पर दृष्टि डाल लेते हैं तो दिनांक दस जून दो विक्रम संबद्ध दो छिहत्तर शख संबत उन्नीस सौ इकतालीस सोमवार दिन रहेगा ज्य महा शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि रहेगी और करण रहेगा के उपरांत बहुत और नक्षत्र रहेगा पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र सूर्योदय सूर्यास्त पर दृष्टि डाल लेते हैं तो सूर्योदय होगा प्रातः 5 बजकर 22 मिनट पर और सूर्यास्त होगा शाम को उन्नीस बजकर 18 मिनट पर राहुकाल एक ऐसा काल एक ऐसा समय कि इस दौरान आपको शुभ कार्यों को नहीं करना है तो प्रातः प्रातःकाल 7 बजकर 7 मिनट से 8 बजकर इक्यावन मिनट तक का राहु काल रहेगा और आपको यदि शुभ कार्यों को करना होगा तो अभिजीत मुहूर्त में कर लीजिएगा ग्यारह बजकर बावन मिनट से बारह बजकर अड़तालीस मिनट तक का अभिजीत मुहूर्त रहेगा और अमृतकाल भी आपको बताए दे रहे हैं तो नौ बजकर तेरह मिनट से नौ बजकर इक्यावन मिनट तक की अमृतकाल रहेगा इस दौरान आप लोग शुभ कार्यों को कर सकते हैं दर्शकों दिशाशूल की बात करते हैं तो सोमवार का दिन रहेगा पूर्व दिशा की ओर दिशाशूल है और इस दिशाशूल को समाप्त करने के लिए इसके प्रभाव को कम करने के लिए आप लोग दर्पण देख करके और थोड़ी सी दही और मिश्री खा करके फिर यात्रा करिएगा आपकी यात्राएं सफल होंगी कोशिश कीजिएगा कि पूर्व की ओर ना जा करके पहले पाँच कदम आप पश्चिम की ओर चलिएगा उसके बाद आप लोग पूर्व की तरफ जाइएगा तो कोई जो है दिशा का दोष इसमें नहीं लगेगा राशि फल पर आगे बढ़ते हैं और फल पर आगे बढ़ने से पहले जो हमारी राशि आती हैं उस पर हम अभी दृष्टि डालते हैं लेकिन एक अपील आप लोगों से है और अपील ये है कि यदि आप लोग इस चैनल हमारे जो है वीडियो को YouTube पर हमारे चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए बगल में बना बेल आइकन दबाइए और यदि Facebook पेज पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को प्लीज़ जमकर शेयर करिए और हमारे इस पेज को लाइक करिए हमारे इस पेज को और आगे बढ़ाइए तो मेथ राशि के जातको कैसा रहेगा आज का दिन तो आज के दिन आप अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकेंगे घर एवं कार्यक्षेत्र का वातावरण आज जो है सहयोग पूर्वक जो है रहेगा महिलाएं भी आज किसी का साथ मिलने से अधूरे कार्य पूर्ण करती हुई नजर आएंगी अस्त व्यस्त कार्यो में भी सुव्यस्तता आप रहेगी सार्वजनिक कार्यों में सहभागिता देने पर मान सम्मान के आज आप अधिकारी बनेंगे और आज आपका कामधं जो है बहुत अच्छा चलेगा लेकिन आज आपकी व्यस्तता बहुत अधिक होगी धन की आमद को लेकर मध्याहन तक कुछ उदासी रहेगी लेकिन शाम के समय अकस्मात धन लाभ होता हुआ दिख रहा है उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो कोशिश कीजिएगा कि आज के दिन शिवलिंग पर आपको जो है दूध से अर्पण करना रहेगा और ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करना होगा आपके लिए शुभ कलर रहेगा व्हाइट रहेगा शुभ अंग आपका छह रहेगा हमारी अगली राशि आती है वृषाभ राशि कैसा रहेगा दिन तो आज के दिन आपको भाग्य का प्रॉपर साथ मिलेगा लेकिन ग्रह स्थिति प्रतिकूल के कारण इसका पूरा लाभ नहीं उठा सकेंगे। पूजा पाठ में यदि आप रुचि लेते हैं तो मानसिक रूप से हल्कापन अनुभव करेंगे परिवार की महिलाएं अध्ययन को लेकर के कुछ असंतुष्ट रहेंगे अन्य सदस्यों को भी इस कारण परेशानी आज कुछ आ, आ सकती है अध्ययन संबंधी कार्य करने से पहले कोई जो है इसको लिखा पढ़ी में ले लीजिएगा किसी को यदि आप उधार देते हैं तो रिटर्न में या अकाउंट से ट्रांजेक्शन जो है करके दीजिएगा अन्यथा आपका पैसा डूब सकता है किसी की चुंगली आज आप करते हुए दिखेंगे और आज उच्च अधिकारियों के साथ संबंध आपके मधुर नहीं रहेंगे आकस्मिक धन खर्च से आज बहुत ज़्यादा आपको परेशानी आएगी उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो चावल का दान आप धर्म पर आज आप करिए और कोशिश कीजिए कि आज के दिन तुलसी जो है दल का तुलसी पत्र का आपको सेवन करना रहेगा शुभ कलर आपके लिए पिंक रहेगा शुभ अंक आपके लिए दो रहेगा हमारी अगली राशि आती है मिथुन राशि तो मिथुन राशि वालों आज का दिन शारीरिक समस्याओं के साथ ही आर्थिक कारणों से भी नई समस्याएं बढ़ाएगा दिन के आरंभ से ही शारीरिक शिथिलता रहने के कारण काम करने का मन नहीं होगा उत्साह की कमी के कारण आज आप लाभ आने की परवाह नहीं करेंगे प्रयास करने पर धन की आमद कहीं ना कहीं से हो जाएगी परंतु व्यर्थ के खर्च से आज आपका पैसा जो आएगा वो चला जाएगा आज दूर देशों की जो है सुदूर प्रदेशों की यात्राओं का योग बन रहा है और चोट आदि का भी भय है तो वाहन वगैरह सावधानीपूर्वक चलाइएगा किसी भी कार्य में जोखिम आप लोग मत लीजिएगा उपाय के तौर पर ओम जूम सह मंत्र है इस मंत्र की 108 बार जाप करिए और घर से निकलने से पहले दरबड़ देख करके निकलिएगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा व्हाइट शुभ अंक आपके लिए रहेगा तीन हमारी अगली राशि आती है कर्क राशि तो कर्क राशि के जात आज का दिन भी कार्य सफलता वाला रहेगा पुराने अधूरे कार्य आज पूर्ण हो सकते हैं लेकिन इसके लिए आज आपको अपना लतीला व्यवहार त्यागना पड़ेगा नौकरी पेशाओं को पदोन्नति में आ रही बाधा दूर करने पर कुछ राहत मिलेगी और आज अपने स्वभाव में आज अड़ियल रवैये के कारण अपनी हानि करते हुए नजर आएंगे बड़े बुजुर्गों का सहयोग मिलने से आज, आज आपकी समस्याओं का समाधान शीघ्र हो जाएगा पैतृक संप जो है पैतृक संपत्ति के मामलों को आष्ट टालना ही आपके लिए बेहतर रहेगा व्यवसाय वर्ग में आज जो है यदि पार्टनरशिप में कोई काम कर रहे हैं तो आप लोग सफल होते हुए नज़र आएंगे उच्चाधिकारियों से आज आपके संबंध अच्छे रहेंगे आपके काम बनते जाएंगे शारीरिक स्वास्थ्य कुछ के लिए लिए लिए खराब हो सकता है उपाय के तौर पर का आप लोग करिए शुभ शुभ कलर आपके लिए रहे आपके रहेगा रहेगा आज अंक हमारी अगली राशि जो आती है, ये आती है है ये की राशि ग्रहों की राजा की राशि सिंह राशि तो सिंह राशि के जात को आज आप जिस विकार में हाथ डालेंगे सफल होते हुए नजर आएंगे परम भाग्यशाली आज, आज आप लोग रहेंगे और आज आपकी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी खाली नहीं जाएगी धन संबंधी आपको लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है व्यवसाय में बिक्री के साथ साथ आप विस्तार भी करते हुए नजर आएंगे धन लाभ आज कई जो है एक से अधिक स्रोतों से आपको आता हुआ दिख रहा है नौकरी पैसा वाले लोग आज काम को लेकर के बहुत ज्यादा गंभीर रहते हुए नजर आएंगे आज आपका ध्यान सुख सुविधाओं पर ज्यादा रहेगा कार्य पर आज ऐसी ही दशा रहेगी हाँ एक काम रहेगा का कि आज आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे और सफल जल्दी होंगे किसी से वो से बचिएगा दूसरे के झगड़ों में आज आपको नहीं पढ़ना रहेगा व्यर्थ के बाद भी विवादी सात हमारी अगली राशि आती है कन्या राशि कन्या राशि राश के जात को आज भूत काल में जो आपने पास्ट में जो गलतियां की है और आज कोई आपके मन में पश्चाताप भी रहेगा आज प्रत्येक कार्य बुद्धि विवेक से देखभाल कर सकेंगे लेकिन शीघ्र लाभ कमाने की मानसिकता एवं अहम का भाव कुछ ना कुछ आज गड़बड़ अवश्य कराता हुआ नजर आएगा आज किसी महत्वपूर्ण कार्य को लेकर आप अड़ियल रवैया अपनाएंगे और अनुभवी की सहायता लेना आवश्यक रहेगा आर्थिक रूप से आज का दिन सामान्य रहेगा और जो धन का खर्च है ये आज बहुत ज़्यादा होता हुआ दिख रहा है आज आपकी संतान कोई आपकी से फरमाइश कर सकती हैं और आज कोई जो है मानसिक चिंताएं आपके ऊपर हावी रहती हुई नजर आएगी उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो आज आप लोग शिवलिंग पर दूध में शहद डालकर के अभिषेक करिए धन संबंधी मामलों में आपको विजय मिलेगी और शुभ कलर आपका ग्रीन रहेगा शुभ अंक आपका तीन रहेगा हमारी अगली राशि आती है तुला राशि कैसा रहेगा आज का दिन तो आज के दिन आप अपनी वाणी और व्यवहार पर संयम रखकर ही किसी से वार्तालाप करें बसते बसते आज कले होने की संभावना है और जिसे आप प्रसन्न रखने का प्रयास करेंगे वही आज, आज आपका दिल तोड़ेगा दिल दुखाता हुआ नजर आएगा आपके अंदर आज व्यवहारिकता की कमी रहेगी देखिए सामाजिक लोगों के साथ आज आपको टच में रहना है। उनसे आप अलगाव की फीलिंग्स अलगाव का भाव मत रखिएगा आज कोई नया प्रेम उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तुला राशि के जातकों को तो तुला राशि के जातकों कोशिश कीजिएगा कि आज, आज आप लोग हल्दी का तिलक लगा करके घर से निकलिएगा कार्य क्षेत्र पर निकलिएगा और दही से शिवलिंग पर रुद्राष्टक के पाठ से नमामि शमीशाम में निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम ये जो पाठ है आप लोग गूगल कर लीजिए और बहुत ही अच्छा पाठ है हमारे सभी श्रोता लोग जो ये देख रहे हैं प्रतिदिन इस पाठ को यदि करके निकलते हैं तो यकीन मानिए आपका दिन ना काल बिगा बिगाड़ सकता है ना ये ग्रह बिगाड़ सकते हैं तो सभी लोग एक एक पाठ इसका कर लिया करिए तो ये पाठ करके आपको निकलना रहेगा आपका शुभ कलर जो रहेगा ये रहेगा आज जो है नीला रंग स्काई ब्लू कलर रहेगा और शुभ अंक आपका रहेगा छः वृश्चिक राशि के लिए कैसा रहेगा आज का दिन तो आज के दिन आप ज्यादा समय निश्चिंत रहेंगे काम धंधे से उबन अनुभव होगी इसका मुख्य कारण आज विपरीत लिंग के प्रति अधिक आकर्षण रहेगा धन को लेकर वैसे तो ज़्यादा माथा पच्चीस नहीं करेंगे लेकिन आज धन की आमद किसी न किसी मार्ग द्वारा अवश्य ही आपको प्राप्त होती हुई नजर आएगी कीमती आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सचित धन पर निर्भर रहना पड़ेगा आपकी मानसिक स्थिति आज जो है पल पल परिवर्तित होती रहेगी महिलाएँ भी आज अपने कार्य को औरों के ऊपर डालेंगे जिससे बाद में कुछ पछतावा हो सकता है सरकारी कार्य में उलझन स्वास्थ्य आज आज आपका अच्छा रहेगा। रहेगा? उपाय के के तौर पर करना क्या तो आज के दिन शिव नाम का आप लोग पाठ करिए आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और यदि हो सके तो आज आप लोग दूध का और चावल का दान धर्म स्थान पर जरूर करें शुभ कलर आपके लिए जो रहेगा ये रेड रहेगा शुभ अंक आपके लिए रहेगा एक हमारी राशि राशि आती है धनु तो आज आप जल्दी के किसी भी कार्य को करने नहीं देगा फिर भी जिस कार्य में लग जाएंगे उसे पूरा करके ही दम लेंगे कार्य क्षेत्र पर आज विरोधियों का सामना करना पड़ सकता है आपको लेकिन आज, आज आपकी व्यवहार कुशलता एवं व्यक्तित्व के प्रभाव से सब पर आज आप विजय प्राप्त कर लेंगे नौकरी वाले लोग अपने बेहतर कार्य के लिए सम्मानित होंगे सार्वजनिक क्षेत्र पर भी आज आपको कोई नई पहचान एवं संबंध प्राप्त होते हुए नजर आएंगे धन संबंधी कार्यों में थोड़ी लापरवाही करेंगे फिर भी संतोषजनक स्थिति आज रहती हुई नजर आ रही है आज आपको जोड़ों से रिलेटेड घुटनों से रिलेटेड कोई जो है दिक्कत आती हुई दिख रही है उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो प्रयास करिएगा आज की आप लोग जो है पीपल के वृक्षप जल में हल्दी डाल करके और ओम नमो भगवते वासुदेवाए मंत्र से अर्पण करिए शुभ कलर आपके लिए जो रहेगा ये रहेगा पीला रंग शुभ अंक आपके लिए रहेगा नौ मकर राशि के लिए आज का जो है दिन कैसा रहेगा दस जून का तो आज आपका स्वभाव हास्य परिहास वाला रहेगा अपनी चंचल एवं बचकानी हरकतों से आज आप सभी को हंसाने को मजबूर कर देंगे परंतु आज आपका स्वभाव परिवर्तन भी थोड़ी थोड़ी देर में होने के कारण आपके मन की भावनाएं समझना काफ़ी मुश्किल होगा आज आप अपने जित के कारण परिजनों एवं निकट संबंधियों को कुछ परेशानी में डालते हुए नजर आएंगे कार्यक्षेत्र पर आज आपका व्यर्थ का वाद विवाद किसी से हो सकता है आज आपके नए दोस्त बनेंगे नए रेफ्रेंसेज आपके जो है निकलेंगे धन की आमद आज आपकी अच्छी रहेगी शाम तक की धन लाभ होता हुआ दिख रहा है और सोर्स ऑफ इनकम कई रहेंगे एक से अधिक आज आपको सोर्स ऑफ इनकम रहेंगे मौसम संबंधी जो है क्या कहते हैं बदलते हैं। मौसम के कारण आज शरीर में कोई बिकार आ सकता है उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो आज प्रयास ये करिएगा कि आप लोग जो है शिवलिंग पर जल में थोड़ा सा काला तिल डाल दीजिएगा और ओम नमः शिवाय मंत्र से अभिषेक करिए शुभ कलर जो आपका रहेगा ये रहेगा आज ब्लैक शुभ अंक आपका रहेगा नौ हमारी अगली राशि जो आती, आती है याती है कुंभ राशि तो कुंभ राशि के जातकों आज का सारा दिन आशाओं के विपरीत रहने वाला है धन संबंधी निर्णय आज आपको सोच समझकर ही लेना पड़ेगा आज सरकारी कार्य सुलझने की जगह ज्यादा उलझन बनाएंगे व्यवसाय यात्राओं में समय एवं धन नष्ट होगा आज का दिन शांति से बिताना ही बेहतर रहेगा मित्र रिश्तेदारों के साथ संबंधों में कड़वाहट आ सकती है बोलने से पहले सोच विचार करने अन्यथा जो है बड़ी दिक्कत होगी नौकरी पेशाओं से अति महत्वपूर्ण कार्यों में गलती होने पर अधिकारियों से तकरार होती हुई दिख रही है आस पड़ोसियों में खासकर महिलाओं से आज मर्यादित व्यवहार करें आपके ऊपर कोई लंचन लग सकता है स्वयं अथवा परिजनों की सेहत को लेकर भी चिंतित रहेंगे धन लाभ की अपेक्षा हानि ज्यादा होती हुई दिख रही है उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो कोशिश कीजिएगा कि आज काले कुत्ते को आपको रोटी देना रहेगा और रोटी में जो है तेल थोड़ा सा लगा दीजिएगा सरसों का शुभ कलर आपके लिए जो रहेगा ये रहेगा आज नीला रंग शुभ अंक आपका रहेगा ये रहेगा अंक दो हमारी अंतिम राशि आती है मीन राशि लेकिन आप लोगों से फिर वही अपील है कि देखिए आप लोग वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए बगल में बना आइकन दबाए और यदि फेसबुक पेज आप देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करिए और इस वीडियो को लाइक करिए इस वीडियो को जमकर शेयर करिए तो मीन राशि के जात को आज के दिन आप अपने में मगन रहेंगे सार्वजनिक अथवा पारिवारिक कार्यों में टाल करने से बेहतर है कि आप स्पष्ट रवैया अपनाएं किसी को स्पष्ट अपनी बात बता दें धन लाभ आज अवश्य रहेगा व्यवसायिक क्षेत्र पर नए कार्यानुबंध मिलने से भविष्य के प्रति निश्चिंतता आपके अंदर आएगी नौकरी पेशा लोग भी आज अतिरिक्त आय बनाने में सफल होंगे आज आप पैसों से किसी की भी मदद करने के लिए तैयार रहेंगे परंतु व्यक्तिगत रूप से करने में बड़े असहज रहेंगे महिलाएं आज खरीदारी की योजना बनाएंगे घरेलू कार्य की व्यस्तता के चलते मन की इच्छाओं को पूर्ण आज नहीं कर पाएंगे संतान के कारण घर में कलह हो सकती है बुजुर्ग आज आपकी कार्यशैली से सहमति होंगे उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा मीन राशि के जातकों को तो मीन राशि के जातकों आज आप लोग दुर्गा जी के 32 नामों का पाठ करिए और यदि हो सके तो आज शिवलिंग पर आपको दूध का अर्पण करना रहेगा केसर का तिलक मस्तक जिब्दाना भी पर लगाएं आपके लिए बहुत शुभ रहेगा शुभ कलर आपके लिए व्हाइट रहेगा शुभ अंक आपके लिए रहेगा चार तो ये तो था हमारा मेष से लेकर के मीन राशि तक के राशियों का हाल कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताइए दीजिए इजाजत मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार